गाइस वेलकम टू माई न्यू ब्लॉक तो गाइस अभी ब्लॉक मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी जाते हैं इस कलर के अंदर तो गाइस अब मैं देख रहा हूँ कि ब्लॉक सही से बन रहा है कि नहीं सामने ये दर्पण है तो इससे ही मैं देख रहा हूँ तो ये यहाँ पर शौरख है और ये यहाँ पर शोरख है बादल हो रखे हैं बड़े बड़े और साथ में ठंडी ठंडी फ़ोन भी चल रही हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हो एकदम तकड़ा वाला मौसम हो रखा है ठंडी ठंडी फ़ोन चल रही है और साथ में हुआ क्या कि मैंने इस फ़ोन के ऊपर थोड़े से स्क्रैच आ गए और इससे थोड़ा कैमरा तो ठीक है और कुछ थोड़े से स्क्रेच आ गए तो उसको ठेकराना पड़ेगा तो अभी बारिश भी होना स्टार्ट हो गई और कुछ दिनों से बारिश हो नहीं रही थी तो आज फाइनली बारिश हो रही है तो आज हम नहाएंगे तो गारिश ना ही कोई बारिश होगी ना कोई बात और सारा मौसम अब ऐसा हो चुका है और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी आ रही है ऐसा तो हो गया अब मौसम तो मुझे नहीं लगता कि अब बारिश आएगी आ सकती है पर अब तो मुझे नहीं लगता कि बारिश आएगी तो बारिश जब मैं स्कूल गया था तब तो अब तो संडे तो कल मैं स्कूल जब गया था तो हमें सर ने कहा था कि आप समस्या एवं समाधान पर जैसे कि कोई भी समस्या हो घर में खेत में गली में कहाँ भी कोई भी समस्या हो तो आपको समस्या लिखनी है और समाधान लिखना है मैं तो मैंने वो कंप्लीट किया अभी और कल रात को मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो केमिताभ बच्चन की थी थोड़ी बहुत खराब हुई है ज़्यादा नहीं हुई है और अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ तो मैंने अभी तक टोटल तीन पेंटिंग बना दी तो आपको उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ और मैंने ब्लॉकिंग के बारे में सीख रहा हूँ धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैंने अभी तक 25 वीडियो डाल दिए है कुछ वीडियो रेगुलर डाल दिए है जो कि जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाई थी मतलब मान लो और कल मैंने बनाई नहीं थी तो कल बनाई थी मान लो और बाद में आज मैंने सुबह डाल दी और अब मैं अभी अभी ब्लॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वैसे थोड़ी परेशानी होती है ब्लॉकिंग करना कोई आसान काम नहीं होता पूरी दर पूरे दिन कैमरा लेकर घूमना पड़ता है तो अभी तो एकदम से गर्मी आ गई और अभी चार बजकर तीस मिनट हो रखे हैं मैंने साढ़े चार रखे हैं और तो मेरे चैनल पर 90 सब्सक्राइबर और 3.7 घंटे वह टाइम हो चुका है तो प्लीज हज़ार सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि हमारी भी YouTube मनी स्टार्ट हो तो भाई कुछ ऐसा बना है मेरा ये तीन ऐसे टांग रखी है और इसको ज़्यादा डार्क नेक किया तो आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा तो गाइश अभी मैंने यह लिखा था तो ये देखो समस्याओं समाधान और आजकल मैं ज़्यादा लैपटॉप का भी यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करना और कुछ अलग अलग चीज़ें जो कि मैं फ़ोन से भी कर सकता हूँ फ़ोन से भी पढ़ाई कर सकता हूँ इसलिए लैपटॉप मेरा ऐसे का ऐसा ही पढ़ा है तो गाइश अभी मैं कुछ फोटो सेव कर लेता हूँ जो कि मेरे डेस्क में फोटो सेव करने के बाद मैं उसकी पेंटिंग बनाऊंगा तो पहले फ़ोटो सेव कर लेते हैं बाद में आगे कब लोग देखते हैं सब मैं तो खाना खाते खाते दोरा की वीडियो देख रहा हूँ लोग देख रहा हूँ और साथ साथ टी भी चालू है इसी के साथ ब्लॉग पॉइंट करता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग